भारतीय वन स्वस्थ पर्यावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह वायु प्रदूषण कम करने के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को भी कम करते हैं कुल भारतीय क्षेत्र लगभग उन्नीस परसेंट वनों से ढाका है इन वनों को पांच समूहों में बांटा है नम उष्णकटिबंधीय वन शुष्क उष्णक्तिबंधीय वन पर्वतीय समीतोष्ण वन पर्वतीय उपोष्णक्तिबंधीय वन Alpine 1